जिंदगी में सुख दुख का आना पार्ट ऑफ लाइफ है लेकिन उनसे खेलते हुए बाहर निकल जाना यही यही आर्ट ऑफ लाइफ है। और यही चीज़ भगवान श्री ने श्रीमद् भागवत गीता के के अध्याय में श्लोक में अर्जुन से भी कही थी उन्होंने कहा था मात्रा स्पर्शास्तु को आगम अपी नो अनित स्थान भारत यानी कि हर एक इंसान के जिंदगी में सुख और दुख का आना सर्दी और गर्मी की रितुवो के आने और जाने के समान है और ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और इसीलिए हर एक इंसान को इससे विचलित ना होकर अविचल मन से इन्हें सहन करना सीखना चाहिए जय श्री